रही। रही। रही। रही। रही। ये बात खूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि इस्लाम में नमाज छोड़ने से बड़ा शिर के बाद नमाज छोड़ने से बड़ा जुर्म कोई नहीं है तो नमाज कजा कर देना मामूली जुर्म नहीं है रसूल निर्शात फरमाया मन तरकन फकत कफर जिसने जानबूझ कर नमाज छोड़ी तो तहक़ीक उसने कुफर किया और नमाज के अलावा नमाज तर्क करने के अलावा कोई जुर्म ऐसा नहीं है जिसको अहल सुन्नत वाल जमात के अमा में से किसी इमाम ने कुफर समझाओ इमाम अहमद इबन हमल रही तजदीक जानकर नमाज छोड़ने से इंसान काफिर हो जाता है तो कोई भी जुर्म ऐसा नहीं है जो करने से आप काफिर हो जाते हो लेकिन नमाज एक ऐसा जुर्म है नमाज छोड़ना के इमाम अहमद इबनि हमलर रही के नजदीक काफिर हो जाते हैं इंसान अगरचे जमूर का यह मज़हब नहीं है जमूर का मज़हब यह है कि कुफर के करीब पहुँच जाता है तो किसी की अगर रोजाना फजर की नमाज कजा हो रही है तो ये मामूली बात नहीं है बहुत बड़ा जुर्म है इसकी असलाह की कोशिश करनी चाहिए उन इसबाब पर गौर करना चाहिए कि क्यों जो है नमाज कजा हो रही है उस उनबाब के इजाला की कोशिश करनी चाहिए अगर उठने का कोई इंतज़ाम ही नहीं है तो अलार्म वाली घड़ी का इस्तेमाल किया जाए कोई भी ऐसा तरीका हो बाहर यह कोई ऐसी मामूली चीज़ नहीं है और जब तक इसलाह नहीं होती तो नबी सल ने फरमाएला जो भी नमाज की वजह से रह जाए ये भूले से रह जाए तो जैसे ही याद आए उसी वक्त उसको पढ़ना जरूरी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही फिर उसका वक्त है। नमाजों के कजा करने से मुताल ही अगला सवाल है बिनते अब ने पूछा है ये सवाल कि जो नमाजें बिला ओजर छोड़ दी जाए क्या उनकी कजा नहीं होती जो नमाज़ें बिला उज़र छोड़ दी जाएँ उनकी क़़ा करना वाजब है आजकल ये भी एक मसला बहुत चल रहा है क़़ाएमरी का बाज लोग ये कहने लगे हैं कि अगर आपके ज़िम्मे बहुत सारी नमाज़ें रह जाएँ तो फिर उनकी कज़ा नहीं है ये बात बिल्कुल गलत है और कमाल की बात यह है कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं वो दलील मांगते हैं हमसे इनमा से दलील मांगते हैं कि कज़ाएमी के, के सबूत पर कोई हदीस बताओ तो ये बात खूब समझ लेनी चाहिए कि रसूल वसलम ने अर फरमायालबीन अनकर जोश दावा करता है दलील उसके है। तो वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि जो दावा करता है दलील उसके ज़िम्मे है हमारे पास कुरान सन्नत में जो मिसालें मिलती हैं रमज़ान के रोज़े के बारे में या फर्ज नमाज के बारे में तो सीरत नबी से भी और कुरान से भी हमें यह पता चलता है कि कुरान ने भी कहा कि अगर रमज़ान के रोज़े छूट जाए फतिन यामिन उखर बाद में उसकी कज़ा करो मुसाफिर के बारे में भी अल्लाह ने फरमाया और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि गज़ब ख में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाजें छूटी थी इसलिए कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत जंग में नमाज कैसे पढ़नी है यह मालूम नहीं था तो आप सल्ला वसल्म पर तिरों की बारिश थी तो आप नमाज़ नहीं पढ़ सके तो चार नमाजें कज़ा हुई तो सिर्फ तोबा को काफी नहीं समझा गया बल्कि आप सल्हुस ने वह नमाजें चार पढ़ी हैं अब अगर कोई कहता है चार नमाजें तो सिर्फ तोबा से माफ़ नहीं होंगी वो कज़ा करनी पड़ेंगी लेकिन चार हजार नमाजें अगर हों तो उनकी क़़ा नहीं है वो तोबा से ही माफ हो जाएंगी तो उसके जिम्मे है कि वो दलील पेश करे कि कौन सी हदीस में है। बाज लोग ये दलील देते हैं कि नमाजें जब ज्यादा हो जाए तो उनको पढ़ने में हरज है और तंगी है लिहाजा किसी को इतना मुकल्फ बनाना कि वह दस साल या पंद्रह साल की नमाजें पढ़े तो ये तो इस्लाम इतना मुश्किल मज़हब नहीं है इसका जवाब यह है कि अगर उसको ओलमा ये फतवा देते ना कि दस साल की नमाजें एक दिन में कंप्लीट करना जरूरी हैं तो यकीन तंगी थी अगर दस साल की नमाजें दस साल में कंप्लीट करना जरूरी है तो फिर ये तंगी नहीं है तो ओल्मा ये नहीं कहते कि दस साल की नमाजें एक दिन में पढ़ें आप रोजाना एक दिन की सजाएं उम्री पढ़ लें बहरल इस पर सदियों से उम्मत का इजमा रहा है कि नमाजें अगर आपने छोड़ दी हैं तो जब तक आप कजा नहीं करते तोबा करना भी जरूरी और उनको लौटाना भी जरूरी पूरी उम्मत का इस पर इजमा रहा है तो इसके खिलाफ अगर कोई इस जमाने में फतवा देता है तो वो फतवा काबिल एतबार नहीं है क्योंकि जब एक बात किसी एक मरतबा जब किसी मसले पर अजमा हो जाता है तो फिर उसकी मुखालफत नस्तरी की मखालफत होती है तो इसलिए नमाजें जानकर छोड़ी हो या भूले से छूटी हो या नींद की वजह से रह गई हों तौबा भी जरूरी है और उनकी कजा भी जरूरी है बाद लोग ये भी फर्क करते हैं हदीस में तो हमें किसी ओजर से नमाज छोड़ी हो तो उसकी कज़ा का तस्करा मिलता है जानबूझ कर नमाज छोड़ी हो उसकी कजा का तो तस्करा नहीं मिलता तो याद रखिए कि जब भूले से नमाज जिसमें इंसान का अपना कसूर नहीं है वह तोबा से माफ नहीं है बल्कि उसमें कजा जरूरी है तो जानबूझ कर नमाज अगर किसी ने छोड़ दी तो वह सिर्फ तोबा से कैसे माफ़ होगी वह तो बतरीक़ ओला उसमें आप पर लाजिम है कि आप उसकी कजा भी पढ़ें और उसकी तलाफी भी करें ये तो बतरीकुर में बास चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने बयान कर दी और बास बयान नहीं की जो बयान नहीं की वो बाहर बतरीक वाला उसमें दाखिल होती है इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कुरान में आता है वाला तकमा उफ इन वाले को उफ मत करो अब अगर कोई कहे जूते मारना जायज है कुरान में तो उफ का जिक्र है कि उफ मत करो हम ये कहेंगे कि जब उफ हराम है जिससे तकलीफ कम होती है तो वालदे को मारना पीटना उससे तो तकलीफ ज्यादा होती है वो तो बतरीक हराम है तो हम ये कहते हैं कि जब भूले से नमाज छूट जाए उसकी क़जा को आप मानते हैं जानकर नमाज छोड़ी हो तो वो सिर्फ तोबा से कैसे माफ होगी उसमें तो कजा बतरीक औला जरूरी है तो इसलिए ये जो आजकल दलाइल दिए जाते हैं ना कजा उमरी के साखित होने के दलाल गलत है इन पर एतम करना इसकी शरीय में इजाजत नहीं है कजा नमाजें आपको पढ़नी पड़ेंगी और बाज लोग जो कहते हैं ना तोबा से सब माफ हो जाता है यकीन जुर्म माफ होता है लेकिन उसका उसकी आपको तलाफी करनी पड़ती है इसकी मिसाल है आपने किसी के पैसे चुरा लिए तो आप तोबा भी करेंगे और उसके पैसे भी वापस करेंगे आप जब तक वो माफ नहीं करेगा आपको अगर वो कह दे कि मुझे पैसों का मुतालबा नहीं है मैंने हदिया कर दी है आपको तो जब तक वो जिसका हक है ना उसका हक नहीं लौटाएंगे तो मुआफी मोतबर नहीं होगी तो नमाजें अल्लाह का हक है जब तक आप अल्लाह का हक अल्लाह को नहीं देंगे तो उस वक्त तक हक अदा नहीं होगा या तो आपके पास मुआफी की कोई दलील हो तो दलील आपके जिम्ने है कि नहीं अल्लाह ने अपना हक माफ कर दिया नमाज वाला आपने जानकर कज़ा कर दी तो अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो ऐसी कोई हदीस अगर आप पेश कर सकते हैं कोई ऐसी कुरान की आयत के नमाज बग़ैर पढ़े माफ़ हो जाती है तो फिर वह हम उसको तस्लीम करेंगे तो इसलिए मैं आखिर में अपनी बात को लौटाता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि कज़ाए उमरी के सबूत पर कोई कुरान की आयत या हदीस पेश करो तो ये उनका मुतालबा गलत है मुतालबा यूँ होना चाहिए कि कजाय उम्री वाजिब नहीं है सिर्फ तोबा से माफ हो जाएंगी नमाजें इस पर कुरान की कोई आयत या अहदीस पेश की जाए तो जब तक ऐसी कोई रिवायत नहीं है तो महज़ अपनी अकल से उन नमाजों को माफ कर देना यह शरीयत पर ज्यादी है